क्या आपको पता है फ्री फायर में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर आप गन की स्किन का उपयोग नहीं कर सकते चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लेने तो से 95 लोगों को ये नहीं पता अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताएं एंड नहीं पता तो इस वीडियो को पूरी देखना आपको इस वीडियो में पता चल जाए तो अगर आप अपनी फ्री फायर आई डी प्यार करते हो तो प्लीज यार लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है दोस्तों स्क्रीन आरोप देख रहे फ्री फायर की कौन सी गन है मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए जगह का नाम है फ्री टूर्नामेंट जिसके अंदर आप गन की स्किन का उपयोग नहीं कर सकते